इस गेम में तो मजा आ गए थे भाई लोग मतलब ऐसे पंगे हो जाते थे होते हैं ना उनके साथ यहाँ पर अपन ने एक किल उठा लिया पर आगे आगे आप आगे अपन नॉक हो जाता है यहाँ पर और अपने अपने आप आता है असली मजा क्योंकि अपन को रिवाइव मिल जाता है यहाँ पर और अपन यहाँ पर जाके मेडिकेट लगाता है तब तक और एक बंदा ऊपर आता है पर उसका अपन के ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता तो आप देखिए क्या होता है आगे देखो चिमकांडी दे उसे मारता है अपन पूरा का पूरा पेल नहीं है मतलब ध्यान भी करें भाई लोग खेला पूरा और अब बचे खाली दो बंदे उसमें से अपन एक को मार देते एक हो जाता है एलिमेंट उससे पहले अपन देंगे अपन के बंदे को रिवाइव और उसे दे दिया है तो चलो अब लास्ट बंदे को देखना है जो आएगा नीचे से और आपन करेंगे इसका काम खत्म भाई लोग मतलब तीन बार पंगे हो चुके आप जी चुके हैं यहाँ पर आप करिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी